हेलो गाइज गुड मॉर्निंग हैप्पी होली सभी को राम राम तो भाइयों कैसे हो अब आप, आप सब आई होप आप सब सही हो तो भाइयों सुबह सुबह मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है वीडियो अपनी कल वाली गेरी अपलोडिंग भी चल रही है अभी तो बहन चार ही परसेंट हुई है अभी तक चार से आगे जा ही नहीं रही है यार ये यहीं पर रुकी है। तो भाइयों आ जाए होली और मैंने फेस पे ऑयल ओयल लगा लिया है क्योंकि रंग रुंग ना फिर चिपक जाता है फिर जो पक्के रंग होते ना फिर हटते नहीं जल्दी अगर ऑयल लगाऊंगा ना तो रंग उतर जाएगा बाद में जब नहाऊंगा मैं तो भाइयों अभी चलेंगे बाहर एक बारी वीडियो अपलोड हो जाती है फिर बाहर चलेंगे कैसे फ़न करेंगे गायस तो चलो आगे का ब्लॉग देखना मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेलाइकन को प्रेस कर देना ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा चलो गाइस तो भाइयों अपने यार दोस्त आ गए हैं राउंड था लग रहा <laughs> <मेरे> फादर साहब <laughs> तो भाई अब हम चलेंगे पिंजौर गेड़ी मारने ना मैं नहीं, नहीं खा रहा ऊपर पानी पानी के था मना कर कर दिया दिया उसे यार मत ओ तेरी काम को पिचकारी लाई दी उसने हमारे ऊपर पिचकारी मार दी छोटा सा दिया है देवी आया हमारे लगा दो बिच्छू गैंग आ गई है पक् रहा लाई और पानी ना गए फोन पर हमारी कॉलोनी की बिच्छू गए हैं जायजा ठीक है बना दिया नील काल। <laughs> बना दिया था वो इधर नींद <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> नहीं वो <laughs> वो वाला नहीं शुक्र हो, हो ना ना ना कोटिया तो इजी लोग लग कुछ है भाई भाई हमारा बचपन का यार हम दोनों ने एक दूसरे की चटिया बदल बदल के पाई तू मेन दस रहा भाई है, भाई खोल <laughs> के के रहा जो के के खोल खोल घूमेंगे मेरा ये लो पाओ से चलो पिक रात अच्छा मत कोई नहीं आ जाते तेलो खोलना है की मानू रोक लव आओ बैठो ओ यो पाया भाई ऐसी है तीन ला। है तीन ला। है, है। चाहिए <laughs> अपना खास हैं अभी कोई दिखी नहीं रहा हमको यहाँ पे अभी किसी ने गुबारा मार था सिर के ऊपर से निकल गया आ रहे हाथ ना गए हमारे हमारे साथ बच्चे छपरी तो चक्ख तेनों पैन के लोड़े बिठे जाए यार थूम थ्री फोर आ चुकी है तो बच्चे खेल रहे हैं। जाओ मिला फिर ये चलो चलो। बैठ भी सिद्धू हो चार बजे अमर वो रुक जाए भी रुक जा बापे नहाना थोड़ी यहां मैं फोन ही अगर करना क्या चलो बंदूक ले भाइयों अब आप लोग देख सकते हो क्या हाल हो गया मेरा अभी मैं नहाऊंगा फिर बाहर चलते हैं घूमने तो चलो तो भाइयों मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि मेरे जो वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे और ऑल पे क्लिक कर देना तो गाइज आप बाय बाय राम